किसी के सामने बेवकूफ़ दिखने से कैसे बचें कई बार हम बातचीत करते करते हम भूल जाते हैं कि कौन सी बातें हैं जो हमें एक बेवकूफ़ की तरह प्रदर्शित कर सकती है इसी कारण हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये बात हमें एक बेवकूफ़ की तरह तो नहीं दिखाएगी हमारी तीसरी तकनीक आपको यही सिखाएगी कि कैसे आप बेवकूफ़ी भरी बातें करने से खुद को बचा सक इस तकनीक में बस एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल ना करें जो बेहद इस्तेमाल किए जाते हैं इन वाक्यों को बार बार इस्तेमाल किए जाने पर आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभर आएंगे जैसे सोचने का संयम नहीं है और सामने वाले व्यक्ति आपको बेवकूफ़ समझने लगेगा खुद को बेवकूफ़ी करने से बचाने के बाद अब बारी है खुद को एक प्रेरणादायक वक्ता की तरह प्रदर्शित करने की हमारी अगली तकनीक आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप एक प्रेरणादायक वक्ता की तरह तकनीकों का इस्तेमाल करके खुद को एक बेहतरीन व्यक्ति के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई बात कहें तो उस बात का संदर्भ सबसे मिलता जुलता होना चाहिए वो बात एक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होनी चाहिए जिसमें थोड़ी लय और यदि माहौल अच्छा हो तो बाद में थोड़ा मज़ाकिया अंदाज भी लाया जा सकता है इस तकनीक के साथ आप अपनी बात को उतनी ही आसानी से लोगों के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं जैसे एक प्रेरणादायक वक्ता अपने श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाता है बेवकूफ़ी भरी एक और बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि अक्सर लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं वो कई बार सामने वाले व्यक्ति को नाराज न ना करने के लिए शब्दों के साथ हेरा करने की कोशिश करते हैं जो अपने आप में बेहद गलत निर्णय है बेवकूफ़ी करने से बचने के लिए आपको हमेशा जो शब्द आपके दिमाग में होते हैं उन्हें कहने की क्षमता रखनी चाहिए ऐसे व्यक्ति भले ही एक बार के लिए अकड़ू नजर आएंगे लेकिन धीरे धीरे लोग ये समझ जाएंगे कि वास्तव में आप अपनी जगह पर सही हैं इस तकनीक से आप अपने जीवन की कई सारी गैर समस्याओं से बच सकते हैं इसके बाद बेवकूफ़ी वाली हरकत जो अक्सर थोड़ी मजाकिया वाले लोग करते हैं कई बार हमें सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जो हमारी नज़र में काफ़ी मजाकिया होता है अब कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि वो इस बात पर उस व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन हमारी इस तकनीक के अनुसार आपको कभी भी किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए आपको बहुत भारी पड़ सकता है इसी के साथ समरी यही समाप्त होती है मिलते हैं अगली सीरीज़ में तब तक के लिए धन्यवाद